अमिताभ बच्चन और गोविंदा के सुपर हिट फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ जिसके सीक्वल का लंबे समय से फैंस इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म हुआ इस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें अक्षय कुमार बड़े मियाँ के रोल में नजर आएंगे और टाइगर छोटे मियाँ के रोल में इस फिल्म में दोनों का एक्शन अवतार दिखेगा जिसकी जानकारी अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके दी बॉलीवुड में फिल्मों के सीक्वल बनने का चलन काफी मशहूर है अब अमिताभ बच्चन और गोविंदा के सुपर फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ का सीक्वल बनने जा रहा है इस फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में हैं। दोनों ही इस फिल्म में एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। इसकी जानकारी अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर मजेदार कैप्शन के साथ एक पोस्ट शेयर करके दी इस पोस्ट के कैप्शन में अक्षय ने लिखा मैं सुपरहिट फिल्म के सीक्वल को करने के लिए बेताब हूँ और इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा की टाइगर जब पैदा हुआ था तब मेरा फिल्मों में डेबी हुआ था